हेलो फ्रेंड्स मैं शालनी दस्तों आज आपको गुड़ से मेहंदी बनाने की रेसिपी बताऊंगी इस मेहंदी को सिर्फ आपको हाथ और पैरों पर यूज़ करना है अगर आपको मेरी मेहंदी बनाने का तरीका पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेहंदी बनाने के लिए हमें चाहिए एक लोहे या टीम का डब्बा इस तरह का और चाहिए एक कप जिसकी डंडी टूटी हुई हो ताकि वो आसानी से इसमें जा सके इसको हम रखेंगे सेंटर में कप को रखने के बाद इसकी साइड में डालेंगे गुड़ एक कटोरी गुड़ हमें इसमें डाल देना है गुड़ को डालने के बाद एक छोटी सी कटोरी लेंगे जो इसके अंदर आ जाए हमारी इसको हमें कप के ऊपर रखनी है सीधी इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में रखेंगे इसको और इसके ऊपर रखेंगे हमें एक कटोरी स्टील की इस तरीके से कटोरी रखने के बाद इसको आटा लेंगे और इसको सील कर देंगे ताकि इसकी भाप बाहर ना निकले इसको सील करने के बाद कटोरी में पानी भर देंगे और इसको गैस पर रख देंगे जो आपकी सबसे छोटी गैस हो उस पर सिम करके इसको रख देना है डिब्बे को गैस को ऑन करके डिब्बा रख दिया है मैंने और गैस को सिम कर दिया है दस मिनट के बाद हम गैस को बंद कर देंगे दस मिनट होने के बाद आप गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने पर इसको खोलेंगे कपड़े से पकड़ के इसको उतार लेंगे और हल्के हाथ से इसको हटाएंगे आटे को ताकि हमारी जो अंदर कटोरी रखी हुई है वो हिल ना जाए सारा हटा हटा लिया है मैंने पानी को हल्के से हटाएंगे इसके अंदर जो हमने कटोरी रखी थी उसमें देखेंगे कि मेहंदी का पानी इसके अंदर आ चुका है क्योंकि तो ये अभी गर्म है इसको भी बहुत सावधानी से कटोरी को बाहर निकाल लेंगे पानी को दूसरी कटोरी में लौट लेंगे अब इस पानी में बाज़ार की मेहंदी मिलाकर इसमें एक गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे और इसको कोन में भर लेंगे इस पानी की वजह से अब यह मेहंदी कई गुना ज़्यादा रचेगी और चेक करने के लिए आप इसकी एक बूंद लेकर अपने हाथ पर लगाएंगे तो देखेंगे कि मेहंदी हाथ के हाथ पाँच मिनट के अंदर एकदम रेड कलर की रचेगी आपकी आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें थैंक यू